टू मूवी और मैं आज आप लोगों को हिंदी में सिखाने जा रहा हूँ सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम ब्लैस्टार्ट अ ट्यूटोरियल ब्लैस्टार सबसे पहले आप लोगों को इस पोजिशन में खड़ा होना पड़ेगा उसके बाद आप लोगों को अपने हाथ जेब में ऐसा रखना पड़ेगा उसके बाद राइट राइट लेग को लेफ्ट साइड में किक करना है इस तरह से वन ओके okay. इस तरह से किक करना है राइट right लेग को लेफ्ट साइड में स्टार्ट वन और फिर लेफ्ट लेग को राइट साइड में किक करना इस तरह से टू एक बार फिर से देखिएगा राइट right को लेफ्ट में लेफ्ट को राइट right में वन टू थ्री स्टार्ट वन इसको राइट right साइड में इस तरह से ये सिर्फ आपको तीन बार करना पड़ेगा और चौथे बार में आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है मेरा थोड़ा हिंदी ऐसा ही है। थोड़ा एडजस्ट करना ओके आठ फर्स्ट वन टू थ्री यो वन टू और थ्री थ्री टाइम्स आपको ये करना स्टेप करना है जब ये भूल बुल बुलाके जब ये बीट आता है ना म्यूजिक का बीट उस वक्त आपको ये स्टेप थ्री बार करना है और चौथी बार में किस तरह से करना है देखिए थ्री में ये पे इसमें आपको आपको ये लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है इस तरह से और फिर इस तरह से किक करना है एक बार शुरू से देखा था वन टू थ्री और पेयर को ऊपर फोर थ्री स्टार्टिंग में आप लोग नए आए तो आपको ये राइट लेग को इस तरह से किक करना है इधर किक करेंगे तो लेफ्ट लेग बैक में आएगा इसको इस तरह से देखिए वन उसके बाद फिर से लेफ्ट लेग को राइट में किक करना है इस तरह से टू सेम स्टेप फिर से करेंगे थ्री अब फोर देखिए फिर से इस तरह से होगा टू थ्री और फोर इस तरह से आपको एक स्टिप करना है उसके बाद ये स्टिप करने के बाद आपको थ्री और फोर करने के बाद आपको इस स्क्वेयर को राइट राइट लेफ्ट को आपको बैक में कि करना है कुछ इस तरह से ओके बाइक में आपको बैक में कि करना है उसके बाद फिर से आगे आगे ठीक बैक बैक में करते वक्त आपको जब अब जब ये राइट पैर को बैक में किक मारते है, तो आपका ये लेफ्ट पैर आगे आता है इस तरह से आगे आता है देखिएगा आगे आता है इस तरह से ठीक है तो किक राइट को बैक में किक मारते वक्त लेफ्ट पैर कैसे आगे आता है इस तरह से वन उसके बाद फिर से लेफ्ट पैर बैक में आता है जम करके इसको आगे आगे किक मारना पड़ेगा इस तरह से टू देखिएगा फिर से वन टू थ्री गो वन टू पेर को बैक में किक किस तरह से और आगे किक और उसके बाद आपको ये पैर को राइट पैर को बैक में दो बार टैप करना है इस तरह से वन टू थ्री फोर ओके तो चलो थ्री से इस करते हैं थ्री फोर बैक में किक किक आगे किक उसके बाद दो बार टैप वन टू फिर कि वन टू कि एक बार शुरू से फिर से करता हूँ स्लो मोशन में देखिएगा कौन भाई ओके थ्री टू वन स्टार्ट वन टू थ्री एंड फोर बैक फ्रंट, टैप किक। फिर से। टैप जब आप टैप मारते दो बार तो फिर से लेफ्ट पैर इस तरह से आगे आता है एक वन टू थ्री गो वन टू फिर बैक फिर से आगे वन टू उसके बाद सेम स्टेप वन टू थ्री एंड फोर वन टू थ्री गो बैक में होगा और सेम स्टेप आप ये लेफ्ट राइट में मारेंगे तो लाइफ राइट साइड में कि मारेंगे तो आपका राइट लेग बैक में होगा सेम स्टेप थ्री एंड प्यार को ये लेफ्ट पैर को ऊपर किक और इसको बैक बैक और आगे आगे किक इसके बाद टैप दो बार वन टू फिर किक आगे इसका फिर से दो बार टैप वन टू और सेम स्टेप फिर से रिपीट वन टू थ्री एंड फोर किक किक कैप किस आई होप यू लाइक द वीडियो आपको ये video, video पसंद आया होगा आप लोग ये प्लीज से प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से और मैं ऐसा ट्यूटोल वीडियो आप कंटिन्यू डालता रहूँगा सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा ये मेरे वीडियो को मैं ऐसा tutorial आप continue डालता रहूँगा So guys, मिलते हैं फिर से Till then take care. Bye bye. Peace out. भुनैया